से हैं आयु आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो और लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए तो आज का जो मेरा कंटेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो मेरा कंटेंट है वो रियल मी सिक्स के ऊपर है रियल मी सिक्स सिक्स और रियल का फ़ोन जो भी है मैंने कई बार बोला है आप उसे ट्राई कर सकते हो बाकी हमने यहाँ पर बताया हुआ है रियल का एक सिक्स मॉडल है जैसा कि मैं यहाँ पे इसका आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करने में नहीं हो रहा है नहीं तो उसका अपना मॉडल दिखा देता बट ये फ्रेंड्स रियल का सिक्स है और इसमें यूज़र के द्वारा पासवर्ड भूल गया है तो इसका पासवर्ड को बहुत ईज़िली तरीके से हम अनलॉक करेंगे मतलब जो भी इसका पासवर्ड है वो आ, किसी यूज़र ने भूल चुके हैं तो इसको करना है अनलॉक तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा हम इसको क्या प्रोसेस है आप इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं नहीं तो वीडियो को आप लास्ट इंड तक जरूर देखें और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो तो तो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको फोन को कर लेना है प्रॉपर तरीके से ऑफ यहां पे आपको फोन को प्रॉपर तरीके से आपको कर लेना है ऑफ फ्रेंड जैसे कि हमने पावर बटन से इसको ऑफ कर दिया है अब इसको फ्रेंड क्या करना है आपको वैल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखना है वैल्यूम डाउन और पावर बटन को आपको प्रेस करके रखना है तो देखिए मैंने वैल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखा हुआ है जैसे यहाँ पे फर्स्ट लोग आ जाए फर्स्ट बूट हो जाए तो आपको पावर की को छोड़ देना है उसके बाद आपको यहाँ पे इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा फ्रेंड मैं आपके सामने लाइव ही बना रहा हूँ तो ये देखिए आ चुका है यहाँ पे रिकवरी मोड पे तो आपको कर लेना है यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइब डाटा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये जनरली आपको सबको पता है तो ये जो भी प्रोसेस है मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ वीडियो को आप लास्ट इंट तक जरूर देखेगा या फिर वाइब डाटा पे हम आ चुके हैं वाइब डाटा पे आने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या कर देना है ओके कर देना है तो जैसे आप वाइब डाटा पे ओके आते हैं और भी हमारे ऐसे वीडियो आपने देखा है रियल के काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देखा हुआ तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमने वाइप डाटा किया फ्रेंड मैं आपको फिर से एक बार बैक करके दिखा देता हूं करता हूं बैक और हम फिर से आते हैं वाइप डाटा पे तो जैसे वाइब डाटा पर आएंगे तो ये कोड जो है वो चेंज होता रहेगा जरूरी नहीं है कि इस फ़ोन का ये कोड है आप इसको साइड में देख सकते हैं वेरीफिकेशन एक कोड है फाइव वन वन वन आप इसको डायल करेंगे और हमारा फ़ोन हार्ड डिसेट हो जाएगा और हमारा फॉर्मेट हो जाएगा और जो पैटर्न या पिन कुछ भी लगा होता है तो हमारा इसी तरीके से अनलॉक हो जाएगा तो चलिए हम वो जो अप्लाई है कर देते हैं फाइव जैसे हमने 511 किया तो देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है तो फॉर्मेट डाटा यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप फॉर्मेट कर देंगे तो ये हमारा फोन फ्रेंड आप देख सकते हैं वाइव होना चालू हो गया मतलब ये फ्रेंड फोन जो है हमारा ये हार्ड डिस्ट बेसिकली हो चुका है जो कि काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को पता नहीं है अगर आपको पता था तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर नहीं पता था वीडियो को लास्ट इंट से ज़रूर देखें अब सिंपल और सिंपल अपने आप ये रिबूट हो जाएगा मैंने कोई रिबूट ऑप्शन पर नहीं दबाया था यह अपने तरीके से रिबूट हो जाएगा अब ये रिबूट होने के बाद थोड़ा सा फ्रेंड टाइम जो कि आपका देखना कि जो मैंने आपने देखा है कि एक मिनट के अंदर में हमारा फोन एफ आर पी हो चाहे उसमें पासवर्ड हो चाहे उसमें किसी भी प्रकार का लॉक हो तो सेकेंड बूट पे भी हमारा आ चुका है फोन अब थोड़ी देर में हमारा फोन ही कंप्लीटली प्रोसेस तरीके से ऑन हो जाएगा तो प्लीज हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और पहला आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो अभी थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा फ्रेंड तो मैं इसको थोड़ा सा स्टे कर देता हूं और उसके बाद मैं कंटिन्यू आपको दिखाता हूं कि फ़ोन हमारा फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ मैं स्क्रीन तक दिखाऊंगा कि हमारा जो स्क्रीन है चाहे उसमें एफ हो कुछ भी हो आप बहुत इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं बिना किसी कम्प्यूटर के फ्रेंड्स आप बिना किसी कम्प्यूटर बिना किसी पी के आप यहाँ पर बहुत ईज़ली तरीके से अनलॉक कर सकते हैं तो फाइनली ये हमारा फ़ोन जॉब डन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये फोन सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ अब आपको आगे बढ़ाने की नेक्स्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड आपको सीधा इमरजेंसी में जाना है इमरजेंसी में जाने के बाद सीधा और सीधा फ्रेंड कोई भी फार लगाओ या कुछ भी लगाओ तो चुटकी में यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा जैसा कि आप देखते हैं तो हम यहाँ पर सीधा और सीधा करने वाले हैं स्टार स्टार हमने ऑलरेडी दवा दवा दिया हैज़ एट हैज़ स्टार हैज़ 800 सौ तेरह हैज़ और चुटकी में चुटकी बजाने से पहले भी हमारा ये देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से अनलॉक हो चुका है तो कोई भी इसमें फारपी हो या पैटर्न हो कुछ भी हो आप बिना किसी कंप्यूटर के इसको बहुत इजीली तरीके से आप इसे अनलॉक कर सकते हो अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये ट्रिक आपको कैसा लगाओ और अपने चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैलाइकन दबा लें ऐसे वीडियो आपको लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच